आयुर्वेद लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आने वाला है यह कंपनी का जीएमपी क्या है और आईपीओ किस रेट का है देखें पूरा वीडियो <स्यागा> मैं वो आपका दोस्त और आप मेरे चैनल शेर में यह लेबोरेटरी क्या काम कर रही है मैं आपको बता देता हूँ बीपी डायाबिटीज हाइपर एंड मोटापे से परेशान बीमारियों का उपचार कर रही है कंपनी का जो मेन फॉर्म है जिसका नाम है माधव बाग आपने देखा होगा उसका मोबाइल ऐप भी है कंपनी का ट्रीटमेंट क्या क्या हो रहा है तो कि हेल्थ डिसीज रिवर्सल डायबिटीज बीपी मैनेजमेंट और घुटने के दर्द में राहत देने का काम कर रही है कंपनी की ब्रांचेस की बात करें तो कर्नाटक यूपी मध्य प्रदेश गुजरात दिल्ली जैसे राज्यों में दो से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और दूसरी बात ये बोले तो फिफ्टी जो कंपनी के पास अपनी है और 222 फ्रेंचाइज जिसके द्वारा काम कर रहा है कंपनी के दो अस्पताल है इंडिया में एक खोपोली में और एक नागपुर में जो हृदय रोग की बीमारी में काम कर रहे हैं कंपनी की जब बात करें तो डिजिटलाइजेशन की जो कंपनी तो माधवबाग वेलनेस के जरिए अपनी वेलनेस प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिसका बी हाई और लो हो जाता है ये ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसकी इस रोगियों की हेल्प की है जिसका नाम है एमआईबी पल्स ये आप मोबाइल में प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा जो एक कंपनी का का के प्रोमोटर की बात करें तो रोहित माधव सेवन कंपनी का प्रोमोटर है आफ्टरऑल टैक्स कंपनी के रेवन्यू की बात करें तो इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को पंद्रह करोड़ का प्रोफिट हुआ है और तीस सेप्टेम्बर दो को तेरह करोड़ का प्रोफिट हुआ है आफ्टर आफ्टरऑल टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं अब हम आईपीओ की डेट बात करते हैं तो 10 से 15 तारीख के बीच में आईपीओ आने वाला है एक शेयर का प्राइस सेवेंटी थ्री है और टोटल आप जोड़ोगे तो 1600 शेयर का एक आईपीओ है मतलब एक लाख सोलह हजार सो का टोटल आईपीओ रेट हो रहा है मैक्सिमम और मिनिमम एक इलाट आप दे सकते हैं अलॉटमेंट की बात करो अठारह तारीख को अलॉटमेंट होगा इक्कीस तारीख को अगर आई नहीं लगा तो जमा हो जाएगा बैंक में लगा है तो 22 तारीख को डिबेट में आएगा और 23 तारीख को आईपीओ का लिस्टिंग है माधव आईपीओ के बारे में मैं आपको बोला हूँ ये आईपीओ आप देख लीजिए एडवाइजर्स जरूर सलाह लेकर ये आईपीओ पी बोलिए क्योंकि बड़ी अमाउंट वाला आईपीओ है दूसरी बात ये कि मैं आपको आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड कॉमोडिटी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड हर एक वीडियो आपको देता रहूंगा इसका इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो मत भूलिए